बढ़ते हुए कोरोना को देखकर मैंने एक गाना लिखा और अब उसे गाने वाले हैं। आप प्लीज उसे लास्ट तक देखिए और हमें प्लीज सपोर्ट ये आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी विश्वास हम जीतेंगे ये जंग एक दिन हम जीतेंगे ये जंग कोरोना से है जंग हम जीतेंगे ये जंग एक दिन ओह मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम जीतेंगे ये जंग हम जाएंगे स्कूल हमारा प्यारा स्कूल हम जाएंगे स्कूल एक दिन ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम जाएंगे स्कूल एक दिन हम जाएंगे स्कूल हमारा प्यारा स्कूल हम जाएंगे स्कूल एक दिन विश्वास पूरा है विश्वास हम जाएंगे स्कूल एक दिन हम जाएंगे बाजार शॉपिंग करने बाजार हम जाएंगे बाजार एक दिन ओह मन में है विश्वास हम जाएंगे बाजार एक दिन हम जाएंगे बाजार शॉपिंग करने बाजार हम जाएंगे बाजार एक दिन ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम जाएंगे बाजार एक दिन Free, I'm gonna be free. I'm gonna be free. I'm gonna be free. One day, oh, my heart is full of faith, full of faith. I'm gonna be free. One day, I'm gonna be free. I'm gonna be free. I'm gonna be free. विश्वास हम होंगे एक दिन होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर होगी शांति चारों ओर चारो एक दिन ओह मन है विश्वास पूरा है विश्वास होगी शांति चारों ओर एक दिन हम होंगे कामया kamya dekh din o ho mann mein hai vishwas <laughs> pura hai vishwas hum poenge kamya dekh din hum poenge kamya dekh din hum poenge kamya